एक आदमी ने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से शादी की शादी के बाद दोनों की जिंदगी बहुत प्यार से गुजर रही थी वह उसे बहुत चाहता था और उसकी खूबसूरती की हमेशा तारीफ किया करता था लेकिन कुछ महीनों के बाद लड़की चरमरोग से ग्रसित हो गई और धीरे धीरे उसकी खूबसूरती जाने लगी खुद को इस तरह देख उसके मन में डर समाने लगा कि यदि वह बदसूरत हो गई तो उसका पति उससे नफरत करने लगेगा और वह उसकी नफरत बर्दाश्त नहीं कर पाएगी इस बीच एक दिन पति को किसी काम से शहर से बाहर जाना पड़ा काम खत्म कर जब वह घर वापस लौट रहा था उसका एक्सीडेंट हो गया एक्सीडेंट में उसने अपनी दोनों आंखें खो दी लेकिन इसके बावजूद भी उन दोनों की जिंदगी सामान्य तरीके से आगे